हैं जी जी ठीक तो सबसे पहले आप सभी आप सभी सभी को वेलकम और गुड मॉर्निंग जैसे कि कि जान रहे हैं कि हमारा ऑन कोर्स जो है थर्टी आवर का सतत विकास पर ये चल रहा है और आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर धर्मेंद्र यादव सर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पी कॉलेज आलापुर अम्बेडकर नगर यूपी से और आज सर हमारे बीच जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सतत विकास संबंधी चुनौतियाँ तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर जो है वो अपना व्याख्यान जो प्रारम्भ कर सकते हैं थैंक यू सो मच सर ओके ओके थैंक यू पी मैं पीपीटी अपना शेयर करता हूँ अभी लोगों को पीपीटी दिख रही है हमारी? यस सर। ओके ओके। तो शुरू किया जाए जी। ओके ओके। देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में सतत विचार संबंधित चुनौतियां बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अमित सर या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लगभग हम हम लोग के पास कितना समय है लगभग समय है, है सब संभव ठीक ठीक जी बोल परफेक्ट परफेक्ट मैं सोच ही रहा था थोड़ा हमें मिले हम लोग को क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इन्वामेंट और पॉल्यूशन से लेके अगर सुनवा किया जाए तो मैं बच्चों को अच्छे से डिटेल तरीके से मैं सोचा हूँ कि उनको कुछ डिलीवर करूँ तो शुरू करते हैं हम लोग देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका कॉलेज जो प्रोग्राम करा रहा है सर्टिफिकेट तरीके से करा रहा है तो बहुत सारे चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चल रही होंगी आप लोगों को पता होगा और उसमें मैं एक एक पॉइंट जोड़ूंगा एक एलिमेंट जोड़ूंगा या कहा जाए तो एक एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ूंगा, जोड़ूंगा जो पॉलूषण से रिलेटेड या प्रदूषण जिसे हिंदी कहते हैं और इन्वायमेंट से रिलेटेड बहुत अहम पार्ट है इसको अगर हम लोग देखें तो शुरुआत इसे करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो एक ऐसा डेवलपमेंट हम चाहते हैं या करना चाहते हैं या करने की कोशिश में लगे हैं जो हम आज जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो भविष्य में अपनी जनरेशन है उनके लिए भी वही बेहतर ढंग से हम उनको प्रोवाइड करें इन फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए जो आज हम जिस परिस्थिति में रहते हैं जिस इकोसिस्टम में रहते हैं जिस डाइवर्सिटी में रहते हैं वो अगले भविष्य की जो ना अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी वो चीज़ प्रोवाइड की जाए एक बेहतरीन कॉस्ट पे इसमें महत्वपूर्ण गोल है सत्रह जो आप लोगों ने सुना ही होगा और बहुत सारे लेक्चर हुए होंगे आपके कॉलेज के थ्रू कराया गया हो तो उसमें ये सत्रह गोल है जिसमें हम बेसिकली हमने कंक्लूड किया है जो ग्लोबल गो, गोल की तरह जिसमें सोशल इकोनॉमिक जो गोल लिया गया है जिसमें किसी को भी कोई भी एक ऐसा न छूटे चाहे वो देश हो चाहे ह्यूमन हो चाहे अपना इकोसिस्टम हो चाहे डाइवर्सिटी हो बायोडाइवर्सिटी हो चाहे एनिमल हो किसी को भी उस सबको ध्यान देते हुए एक इक्वेलिटी के भाव से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं इसमें हम जीरो पावर्टी का भी आप देख सकते हैं पहला ही अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखा जाए तो नो पावर्टी वाला आप समझ उसमें हंगर कोई भूखा ना रहे। एंड डिस्क्रिमिनेशन रहेशन वीमेन जेंडर की बात किया गया है उसमें इन्वायरमेंटल जो हम धीरे धीरे अब अपने टॉपिक के तरफ जाते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि वो इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में आज हम लोग है मेरी आवाज जा रही है जी सर हेलो ओके ओके जिस इन्वायरमेंट में आज हम लोग रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट उसको बेहतरीन ढंग से हम फ्यूचर में अपने अपकमिंग जनरेशन को दिया जाए यह इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी सस्टेन रख के वो चीज जो आज है वो भी कल भी सस्टेन रहे मतलब निरंतरता वो बनी रहे उसमें डिग्रेडेशन ना हो उसके गोल क्या है मिनिमम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड टू हॉट इज बी मतलब जो हम देना चाहते हैं वो अच्छे से एक अच्छा भविष्य जो हमारा आने वाला है उनके हाथों में प्रोवाइड की जाए एग्जांपल इसको कैसे हम कर सकते हैं इसमें बहुत सारे बाद में बहुत सारे चर्चो चर्चा आम करेंगे लेकिन सेवन पॉइंट में हम कर सकते हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी करके जो एनर्जी है उसको रिन्यू करके अपना वेस्टेज और पॉल्यूशन को जितना हो सके कम कर सके वाटर को कंजर्व करके अपना एनर्जी जो है जो भी आज की डेट में अपनी एनर्जी है बिजली हो पानी हो न्यूक्लियर एनर्जी जो भी हो उसको अच्छे से उपयोग करके जितना हो सके इमेशन कम करते हुए आगे पोसे रिसाइकल करें जो बिल्डिंगे हम बना रहे उसको जितना हो सस्टेन तरीके से मेनटेनेंस उसका जितना हो सके अपना वायु पॉल्यूशन वायु हो पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो, हो, वाटर कोई भी पॉल्यूशन पौ, हो, कई टाइप में होते हैं उसको बढ़ेंगे आपको बता ही चुका हूँ की जेंडर इक्वेलिटी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी रहे कल्चर हमारा बचा रहे जो इक्वेट क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो विथ हेल्थ केयर अच्छे से हो एजुकेशन सबको मिले इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो मैं एक कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ तो मैं इस पर आपको बेहतर ढंग से ये बता सकता हूं कि जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो एक इकोनॉमिक चीज ऐसी होती है जो मोटे रुपए में कहा जाए तो मोटे भाषा में कहा जाए जा तो जो हम फंड कहते हैं जो रुपए कहते हैं जो हर एक की एक साधन है एक मीन है वो सबको प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ा जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जिसके आधार से हम पावर्टी को इरेडिकेट करें कम कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी लिखो बच्चों इस चीज को मेरे लेक्चर को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बहुत बेहतर ढंग से इसको ऐसे समझेंगे हम लोग कि हम क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं ये इसलिए करना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग किए हैं अभी जो आ, जो हम लोग करते आ रहे हैं डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ा है पिछले इतने इतने सालों से, इतने से हमने क्या किया है क्लाइमेट चेंजेस होने लगे हैं सी लेवल बढ़ने लगा है ग्रीन हाउसेज गैसे जो हमारी वो डिस्टर्ब होने लगी हैं, रिसोर्सेज पे ज्यादा दबाव पड़ने लगा है चाहे वो वाटर लेवल हो चाहे फूड प्रोडक्शन हो लैंड uh, की स्का हो निसो और जो है जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो नेचुरल जो है वो ओवर रिसोर्सिस किया जा रहा है जैसे हमें बिजली चाहिए पानी चाहिए हर चीज चाहिए हमें जैसे सुविधाएं बढ़ती गई जैसे इनोवेशन इनुवे, होता गया वैसे वैसे सारी चीजें अब इतना हम लोग कर चुके तो अब डिस्टर्ब हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है हमारा फूड चेंज डिस्टर्ब हो एक साइकिल जो चलती थी वो डिस्टर्ब हो रहा है जैसे नेचर ने हमें क्या दिया जैसे एक अ मोटे भाषा में लिखा जाए तो नेचर ने हमें क्या दिया नेचर ने बहुत बेहतर ढंग से पानी दिया रिसोर्सेस दिया फूड दिया सब चीज उसने अपने मेंटेन तरीके से दे दिया उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की उसके बाद हम लोगों ने अपने तरीके से अपने तरीके से उसको अपने डिजायर के फुलफिल करने के लिए उसको छेड़छाड़ करना शुरू किया जैसे मैं देखा जाए तो अगर उसकी डेफिनेशन की बात देखा जाए तो Undesirable material nature अपने हिसाब से काम ठीक कर रहा था लेकिन हमने अनडिजायरेबल मटेरियल जैसे जितना होता था CO2 मिलता जितना होता था CO2 निकलता था जितना होता था ऑक्सीजन मिलता था सब चीज कार्बन डाइऑक्साइड सब सारे चीज अपने व्यवस्थित ढंग से चला लेकिन हम लोगों ने अपनी चीजों को उस पे अनडिजायरेबल मटेरियल तरीके से उसमें छोड़ा और वो डिस्टर्ब हो गया कोई भी चीज अपने तरीके से काम करिए जब एक्सटर्नल उसमें इफेक्ट पड़ता है तो वो आ, आ, आराम से परेशान हो सकता है ऐसे ही हमारा इन्वामेंट है अगर हम देखा जाए कि पॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन कैसे हम जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है मतलब क्या है ये चीज तो बेसिक चीज ज्यादा घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर पॉल्यूशन को देखा जाए तो जो नेचर जैसे व्यवस्थित तरीके से चल रहा था उसमें हम हम लोगों ने हम मानव लोगों ने क्या किया उसमें थोड़ा सा एडप्ट कर दिया थोड़ा सा अभी इसे कर सकते हैं थोड़ा सा जो पहले से आ रहा है लेकिन अब आज के में जब सदी बहुत इनोवेशन पे इनोवेशन डेवलपमेंट पे, पे हो जा रहा है सारी चीजें होती जा रही है अब डेंजर पोजीशन पर बढ़ते जा रहा है अगर इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे ये बहुत विनाशक रूप में होगा अब कहा जाता है पॉल्यूट कैसे पॉल्यूशन को कैसे ये क्या जो हमारा प्रदूषण क्या है, है क्या चीज कैसे हम कि ये प्रदूषण होता क्या है पॉल्यूशन क्या है इसको पहचाननी चाहिए कि जब हम उस सोर्स को पहचाने उस चीज को पहचाने कि ये पॉल्यूटेंट ये सोर्स है जिससे पॉल्यूशन बढ़ा है ये तो कोई वैसे वाली दुनिया तो है नहीं जैसे में उसमें देखा जाए तो दो तरीके से प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक सेकेंडरी पॉल्यूशन प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं कि जो हम इन्वायरमेंट में तुरंत छोडते हैं जैसे में आप गाड़ी चला रहे हैं बच्चे चलाते सभी लोग चलाते हैं हर मानव चलाता है चलाता है तुरंत उससे जो निकला गैस उस जो हमारा फ्यूल जला उससे जो तुरंत निकला कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी सारी चीजें निकला नाइट्रेट निकला सारी चीजें सल्फर एग्रीकल्चर में जब हम सल्फर वहां से नाइट्रोजन सल्फर निकलता है ये जो डायरेक्ट निकल रहा है इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट इसमें कह सकते हैं कि नहीं ये हमने किया है ये हम लोगों ने किया है जैसे मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं तो उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है डायरेक्ट पॉल्यून पालुट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट है मतलब हमने अपने से इन्वायरमेंट को छेड़ा हमने उसको एडप किया अपने हिसाब से चल रहा था लेकिन हमने उसमें इंक्लूड किया हमने उसको डिस्टर्ब किया अपने से ये साफ साफ दिख रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी को तो हो गया सेकेंडरी तो अरे मैंने तो कुछ नहीं किया ये तो मैं तो प्राइमरी का जिम्मेदार हूं नहीं प्राइमरी के बेसिस के आधार पर सेकेंडरी का जो इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब होता है वो जैसे में आपको वो दिखाते हैं जैसे ये देखिए सबको पीवीडी दिख रही है हेलो जी जी ठीक ठीक ठीक ठीक देखिए देखिए अब अब इसमें इसमें इसमें देखेंगे देखेंगे देखेंगे सभी लोग गाड़ी भी चल रही है उधर भी है उधर ईट भट्टे मशीनरी भी है सारा इधर जहाज चला है सारे चीज का ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट एनो एनो टू वीओ ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जहाज चल रहा ये जो डायरेक्टली चलते हैं इसके आधार पे जब हम इसके आधार पर जब वो ऊपर जाता है ऊपर किसी और जैसे कि सनलाइट से किसी और गैस से जब वो बिल्डअप करके थर्ड बॉडी बनाता है, है। थर्ड पॉल्यूशन बनाता है तो जैसे ओ ओजोन ये जब बनाता है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूशन इसको सेकेंडरी पॉल्यूशन कहते हैं ठीक है इसको आगे बताएंगे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है कि आ, जो उसमें इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एनो एनोटू होता है तो पहले हम क्या किए जैसे कोई चीज जलाते हैं जैसे हमने खाना बनाने के लिए ईंधन का उपयोग किया लकड़ी जलाया कार्बन लकड़ी निकलेगा तो कर्ण कर्ण है तो बाहर क्या है ऑक्सीजन है दोनों मूल के एनो है बन वो ऊपर गया सूर्य से कोलेबोरेट किया सूर्य से करके उसके बाद ओची बन जाए तो जो करके थर्ड ओजोन बनता है या कोई अलग गैस बनती है कोई अलग हानिकारक चीजें बनती हैं तो वो आपके सेकेंडरी अब आपसे पूछा जाए उसके जिम्मेदार कौन है भाई उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं हम मना नहीं करते तो सकते नकार नहीं सकते कि अरे हम तो प्राइमरी वाले हैं सेकेंडरी काम में कोई नहीं आपके बेसिस पे सेकेंडरी बन रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो चीजें सेकेंडरी पॉलिटेंट में आता है एक्जिस्टेंस के आधार पे पर क्वानिटेटिवेंट क्वालिटेटिव क्या होते हैं ये होते हैं इसको ऐसे समझिए ये होता है कि जैसे कोई चीज मात्रा में वो है इन्वायरमेंट में जैसे ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है वो अपने लेवल पे है लेकिन जितनी मात्रा है उसमें एडअप करना हम जो अपना अपनी यूजेस करते हैं अपना जो साधन उपयोग करते हैं जैसे भी पॉलिट्रेन करते हैं प्राइमरी तरीके से करते हैं जब उसमें एडअप करते हैं वो क्वांटिटेटिव हो तो उसकी मात्रा बढ़ गई ये होता है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ये होता है कि जो जो पता ना चले जो क्वालिटेटिव तरीके से बढ़े जैसे में हम खेत में फर्टिलाइजर देते हैं खाद देते हैं जो भी देते हैं बोया गया किसान बोया फिर वहां से पानी के द्वारा मिल के कहीं पे एडप्ट हुआ किसी पॉइंट में चला गया कहीं वाटर लेवल में चला गया अंडर वाटर में चला गया ये प्वालिटेटिव पॉलिटेंट होते हैं जो सामने से दिखते हैं नहीं है एक मात्रात्मक या एक प्लॉलिटेटिव तरीके से इसमें ह्यूमन मेड तरीके से चला गया होता है इन टर्म ऑफ इको सिस्टम को ये बता रहा हूं तो जो देखने का नजरिया है कि क्या है ऐसे तो चल रहा है पॉल्यूशन क्या है ये हुआ वो हुआ मोटरसाइकिल चला नहीं बहुत तरीके से नजरिया बदलिए कि कैसे कैसे क्या चीज है अब है एक होता है नॉन ग्रेडेबल होता है एक जो होते हैं कि जो इस से कहा जाए कि जो सड़ते गलते नहीं है जैसे आप प्लास्टिक ग्लास में पानी पीते हैं एलमोनिया है या बाहर से डस्ट जो चिमनियों से निकलता है बहुत सारी चीजें जो नॉन डिग्रेडेबल है वो जल्दी होते नहीं है वो डिग्रेड नहीं होते जैसे पॉलिथीन आप यूज करते हैं कई सालों तक डिग्रेड नहीं होता नॉन डिग्रेडेबल पॉलिटेंट है कुछ है रेडियो एक्टिव सबसे पेस्टिसाइड है कुछ डिग्रेडियल ये पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो डीकम्पोज तरीके से इनर तरीके से होते हैं जैसे फर्टिलाइजर आपके पानी के द्वारा अंडर वाटर में चला गया वहां चला गया तो वहां से फंगस और सारी चीजें वो जो सीवेज तरीके से वो जो होता है वो डिग्रेड हो, हो जाता है अरे वो तो डिग्रेड हो जाता है वो अपने आप दिखता नहीं अंदर अंदर पॉल्यूटेंट बढ़ा देता है ये हुआ आपका एक तरीका है कि आप ऐसे पहचान सकते हैं उनका नेचर क्या है अब आते हैं एयर पॉल्यूशन पे एयर पॉल्यूशन क्या है एयर पॉल्यूशन वही है तो ज़्यादा ऐसा समझिए कि वह पॉल्यूटेंट जो एट फार्म एटमोसफेयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने से एडप्ट अप करते हैं चाहे आ, गैसेस फॉर्म में और चाहे जो विधि द्वारा करते हैं चाहे फैक्ट्री चलती है चिंगियों से करते हैं आप गाड़ी मोटर चलाते हैं उससे होता है जैसे भी एयर को हम डिस्टर्ब करते हैं से तरीके से, वो रिस्क है जो हेल्थ के लिए अफेक्ट डायरेक्टली करता है तो आपको दिक्कत होने लगती है जैसे दिल्ली का देखिए दिल्ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्मार जो सिटीज ऐसी हैं कि जहाँ पे जैसे चाइना के हांगकांग और आप लास्ट मेगा देख लीजिए दे, ऐसे सिटीज हैं वहां पर सबसे तो ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली में हमारा देख लीजिए ऑडिवन दे। इसी पे चलते चलते वो एक सरकार की पॉलिसी रहती है कि नहीं ये जब एकदम लिमिट से बाहर चल जाता है तो क्या जाता है कि अब रिस्क है अब जीने और मरने का सवाल है तब ये सारी विधियां अपनाई जाती है एयर पॉल्यूशन ये सारी चीजें एयरू पॉल्यूटेंट को भी यहाँ से भी पॉल्यूटेंट को समझिए वही प्राइमरी सेकेंडरी इंडोर आउटडोर पार्टिकुलर मैटर प्राइमरी में वही जो डायरेक्ट आप छोड़ते हैं सेकेंडरी में इंडोर जो घर के अंदर होता है आउटडोर जो घर के बाहर आपका होता है पार्टिकुलेट मैटर में जो सॉलिड और लिक्विड जो आप जैसे कि जो, जो बिजली बनती है न्यूक्लियर में देख लीजिए वहां देख लीजिए तो वो पार्टिकल धीरे धीरे हवा में निकलते हैं वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे बाल एक बाल देखिए इसका करीब करीब एक, एक, एक, एक हजार एक हजार एक हजार तो तो छोटा पार्टिकल हेलो छोटा पार्टिकल उसमें होता है में जो यूए गैसे होता है इन्वाट में हैं एयर पॉल्यूटेंट ये पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये मैंने आप लोगों को बताया ही था अब ये कितने हानिकारक हैं ये आपको बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पहचाने कैसे अभी हमारे बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले इसमें होंगे देखिए अभी तक तो हम सुनते आ रहे हैं कि हाँ एयर में और हम पॉल्यूटेंट छोड़े कौन सा गैस छोड़े कौन से नहीं किए कैसे किए क्या गाड़ी चल रहे हैं बुलेट से चल रहे हैं ये से चले कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें एक गैस ये होती है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड वो जिसमें हम वो गैस है ये कि जो ऑक्सीजन वहां ऑक्सीजन ना रहे जैसे आप देखेंगे कि गाड़ी का या फोर व्हीलर टू व्हीलर में देखेंगे तो एक उसे इंजन का पार्ट देखेंगे तो बंद है ऐसे बंद रहता है ऐसे बंद रहता है वो। उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर जो वो जलता है जो वो जलता है तो उसमें से जो निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इंटरनल कंबस्टन के दौरान निकलता है जो इसमेंट जैसे आयरन स्मेंट होता है बहुत सारी चीजें थ्रो निकलता है जहां पे बहुत दबाव के कारण वो एक इंजन के अंदर से निकलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि वो जब निकलता है तो इतनी हानिकारिक होती है कि वो धीरे धीरे आसपास में जब जाता है तो लोगों की स्वसंत क्रिया में अंदर आता है वो हेमोग्लोबिन में अगर मिलता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये करता है कि उससे न्यूरोसेंट अपनी जो होती है वो डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ता है चिड़चिड़ापन होता है बहुत सारी चीजें दिक्कतें होने लगती है यहाँ तक की न्यूरोपेश वहां, वहां तक चलते क्योंकि न्यूरो पे वो ज्यादा फेक्ट डालता है जैसे में देखिए एक ये जो, ये जो पीपीटी से आप देख रहे होंगे इसमें देखिए कि जैसे पहले के घरों में देखते होंगे अब के घरों में क्या खिड़कियां क्यों बनती है हवा के लिए ठीक है वो भी एक है लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ये रहता है कि जो हमारे पहले के घरों में देखेंगे तो खिड़किया नहीं रहती थी पहले पॉपुलेशन कम थी खा थी तो लोग डर के मारे ऐसे तो बंद कमरे बना बनवाते थे और उसमें कीरोसिन और ये सब तो उसमें क्या होता था जला देते थे जला के सो गए वो जो कीरोसिन जल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे रूम में पता चला कि सुबह हालत खराब होती अब वो धीरे धीरे शोषण क्रिया में अंदर जा रहा यह डिस्टर्बेंस ये अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है ये उदाहरण मैंने बताई दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर में हैवियर होता है जैसे देखिए हैवियर कैसे होता है ऐसे होता है कि जो हमारा एटमोसफियर है जिसमें हम रहते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का इतना महत्वपूर्ण रोल है यह अपने एटमोसफियर में एक लेयर बना के रहता है लेयर बना के रहता है तो जो जमीन अपनी है जमीन से हमारा निकलता है रेडियेशन और जितने जमीन से अपना जो निकलता है एयर निकलता, निकलता है तापमान निकलता है या गर्मी जो निकलती है मोटे कहा जाए, है, जो निकलता है ये जो निकलता है ये तुरंत अगर ये हैवी नहीं रहती तो अपने एटमॉस्फेयर में नहीं रहता सीधा उड़ जाती अगर ये उड़ जाती कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो नीचे का जमीन से जो एयर निकल रही है जो जमीन की एयर निकल रही है ये आपके तुरंत निकल के हो जाती। और हमारी जमीन बहुत ठंडा हो हो जाता, बहुत कोल्ड वातावरण गर्मी बनाई जाती है तो रहने के लिए हमारा ठीक रहता है हमारे बॉडी के लिए हमारे लिए एनिमल के लिए सबके लिए, सब लिए ठीक रहता है ये इसका रहता है लेकिन ये एक लेवल तक क्या हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी गैसेस एक लेवल तक ठीक है जब हम जो मात्रा इसकी है अब इस मात्रा को तो जितनी जरूरत उससे ज्यादा होगी उससे ज्यादा होगी तो ये लेयर मोटी बन जाएगी और जो हमारी गर्मी है वो अब होगी नहीं जितना होनी चाहिए थी अब ये पूरा परत बनाते बनाती जा रही है अगर परत बनाते जा रही है तो हमारे और ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी अगर में बढ़ती जाएगी तो दिक्कतें इससे हेल्थ पे इम्पैक्ट होने जाने लगेगा सारी चीजें गैसेस इंपैक्ट ग्लो, ग्लोबल वार्मिंग गर्मी शुरू हो जाती है गर्मी शुरू हो है एसिड ओसिन एसिडिफिकेशन आगे बताएंगे कि एसिड एसिड ड्रेन कैसे होती है क्या सारी चीजें क्लोरो फ्लोरोबन के लिए जैसे जो रेफ्रिजरेटर हम लोग चलाते एयर कंडीशन चलाते हैं एयरसो जो हम वो करते हैं ये सारी चीजें फिर वो इन्वायरमेंट में गैसेज का जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस हिसाब से होता जाता है ओजोन ओजोन जो है ये ये ये चीज है कि जो अल्ट्रावायरस एक ये ओजोन एक एरिया होता है एक सुरक्षा कवच होता है कहा जाता तो जो हमारे अल्ट्रावायरस रेज होती है अल्ट्रावायरस रेज का मतलब ये है कि अगर हमारा जो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर बना है जो नेचर के द्वारा प्रकृति के द्वारा बना है अगर यह ओजोन नहीं रहता ये एक सुरक्षा कवच नहीं रहता तो जो है डायरेक्ट हमारे स्किन स्किन पर तो पर डायरेक्ट तो बहुत सारी चीजें होने लगती हम सहन नहीं कर पाते हमारा स्किन सहन नहीं कर पाता ये एक ओजोन लेयर बनाता है ये एक लेयर ऑलरेडी बना रहता है अल्ट्रावायरस रेस के करने का ये सन के जो निकलता है ग्रीन हाउस कैसे इसमें जो होता है कि ये कैसे बनता है इसमें देखिए बनने का क्या होता है कि ओजोन जो लेयर बनता है वो सारी चीजें आती है हाँ तो ये अपने आंखों के लिए और जो अगर कहा जाए जैसे आप लोग जाते हैं कहीं अपने घूमने उमने जाते हैं तो जहां देखते हैं कुछ इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं जब उसमें जाते हैं तो वहां से आते आपकी आंखों में जलन होने लगती है आपके बॉडी बताने लगती है कि नहीं कुछ जलन हो रहा है तो वहां से जो डस्ट होता है जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ये सारी चीजें होती है वो ओजोन पे जो बनाती है वो जो लेयर बनाती है तो उसके एयर के नीचे जो रहता है वो आपके पार्टिकल आपके शरीर पे फट जाता है इससे क्या होता है कि आपको दिक्कतें शुरू हो जाती है इन्वायरमेंट सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड था अक्सर आप ये एसी ड्रेन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भी हमारे इन्वायरमेंट में हम भी लोग एक लेवल तक ठीक रखता है लेकिन जब इसमें एडप्ट करते हैं जैसे में हम देखा जाए तो आ, जो आ, गाड़ी चलाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में खासकर कपड़े उद्योग में इसकी ज्यादा भूमिका रहती है और आ, आ, फार्मर जो यूज करते हैं उसमें और जो हम थर्मल पावर में कोल चला कोल जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसमें जो डीजल हम लोग फ्यूल जलाते हैं उसमें सारी चीजें वहां से ये सारी चीजें निकलती है तो वो जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक होने लगती है एक लेवल तक होने लगती है ज्यादा होती है तो हमारे एक तरह से टॉक्सिक गैस होती है जो डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है जैसे में कैसे इम्पैक्ट करती है अगर यह सल्फर डाइऑक्साइड अगर यह है फिर उससे क्या कराइमरी पॉल्यूटेंट हो गया ये दूसरे से रिएक्शन करके दूसरे से रिएक्शन करके एस टू एसओ एक एक एसीड्रेन की तरह आ, आ, करती है मैं आपको इससे बता, जैसे ये देखिए, इसमें देखेंगे, SO2 है, निकल रहा है, नीचे नि से एमिशन कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं चिमनी है फॉरेस्ट है इससे उससे निकल रहा है जब वो ऊपर जाता है तो सन से जो सनलाइट है उससे करके उससे रिएक्शन करके उड बनाते के जब वो निकल नीचे आती है तो वो एसी ड्रेन के रूप में आती है नहीं बाहर क्योंकि तो बारिश तो हुई नहीं रहती है तो वो वातावरण रहती है तो वो आपकी स्कीन पे आपके शरीर पर तुरंत हानि पहुंचाती है क्योंकि एसी ड्रेन हो गई है ये सारी चीजें होती है अब ये अब जैसे में अगर कहा जाए तो सर ये केस आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे देखते होंगे कि पंजाब में पराली जला रहे हैं तो दिल्ली में उसका इंपैक्ट पड़ता है दिल्ली में ऐसी ड्रेन अक्सर दिल्ली में तो औरों की तुलना में दिल्ली में देखा जा सकता है बाकी के शहरों में जो मेट्रो हैं और जो ज्यादा जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है ज्यादा गाड़ियां चल रही है ज्यादा औद्योगिक धंधे हैं वहां पर देखेंगे इसकी ज्यादा संभावना रहती है ऐसी ड्रेन की इसलिए कि वो जो एयर है वो सारी चीजें हैं वो उसमें इन्वायरमेंट में इतना घुली पड़ी हैं कि जब वो ऊपर जाते हैं दलाई में देखेंगे आप लोग हमारे यहाँ जैसे ठंडियों में कोहरा होता है हमारे यहाँ जो कोहरा होता है वो नॉर्मली ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है गांव घर में जो होता है लेकिन यही दिल्ली में देखें और जगह देखें तो वो कोहरा आपके बहुत हानिकारक वो कोहरे में आपके बॉडी तो तो तो लो अच्छा हम लोग कितना ये एक साइकिल चलते हम लोग कैसे रीजन होते हैं इतना कारण कैसे होते हैं ये ऐसे होते हैं कि ये ध्यान दीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं टू व्हीलर चला रहे हैं जो भी चला रहे हैं ये निशंजो कर रहे हैं आप चला रहे हैं आपके द्वारा वो फंगीस है कितने बैक्टीरिया है जो पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसको कहते हैं जो हमारे आ, उसके लिए डीकम्पोज के लिए आ, अच्छा माना जाता है जैसे डीकोज बाद में अभी आगे बताएंगे डीकम्पोजर वो होते हैं कि जो हमारे देखेंगे कि आप लोग उसको हर हर, हर हर आपके सामने दिखता है जैसे कि जो देखेंगे, जो देखेंगे फूड चलती है जो चीटियां होती हैं अगर मोटे भाषा देखा जाए आप नीचे उतराना तो नहीं जा सकते माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उससे देखेगा तो जो, जो चीटियां होती हैं वो देखिये छोटे छोटे पार्टिकल वो खत्म करती है वो भी डिकम्पोजर इज पार्ट ये जो नीचे जाते हैं पानी एसिड के रूप में जाती है तो उनको हानिकारक तो उनका इन्वायरमेंट बना है सबका अपना अपना बना है नीचे जो रहते हैं उनका बना है जो ऊपर मानव जाते हैं पशुओं और सबका अपना अपना बना है और उससे डिस्टर्ब होगा डिस्टर्ब होना है कंपोर्ट ये ऐसा है एयर पॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं पता नहीं चलता है जैसे कि आ, आ, हम स्प्रे करते हैं पेंट लगाते हैं और फर्निश पॉलिश करते हैं परफ्यूम लगाते हैं जो भी ये सारी चीजें करते हैं ये इतना वालेटाइल होता है कि तुरंत इन्वामेंट में आया तुरंत आपको गंध कैसे आपको नाक पता चल जाता है ये खुशमत है कि तुरंत सुगंध पता चल गया नहीं नहीं, नहीं। वो इतना वलेटाइल है इतना जल्दी सा हो गया कि आपके नाक तक पहुंचे अब समझ लीजिए इतनी पुरित प्रक्रिया होती है ये ये ऐसे होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं ऐसे एयर पॉल्यूशन होते हैं कि जो तुरंत इंपैक्ट डालते हैं जो हेयर स्प्रे होते हैं परफ्यूम होते हैं सब सारी चीजें होती तो है ये भी हमारे हेल्थ इम्पैक्ट को अक्सर देखिए कि कि कि किसी किसी को इरीटेशन होने लगती है नाक में गला में थर दुखने लगता है ये सारी चीज इसमें आता है बहुत जल्दी वाली एथलिन एथलिन का अगर देखेंगे तो ये पाया जाता है हमारे एनवायरमेंट लेकिन एक लेवल तक एक लेवल के बाद इतना ये हानिकारक हो जाता है अक्सर केमिकल इंडस्ट्री में देखा जाता है जो हम आ, आ, प्लांट का जो अगर इसको देखा जाए जब ये दूषित करता है एनवायरमेंट को तो, इस पे सबसे ज्यादा प्लांट के हार्मोन पे अफेक्ट करता है समझ रहे हैं आ, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत जल्दी आम को पकाने का कोई फ्रूट्स को पकाने का जो किया जाता है ये एथलीन ही होता है उसमें अब वो उसके क्या हुआ तो वो एक समय तक पकने वाला था अपने समय पकने वाला था लेकिन उसको जबरदस्ती तरीके से हार दिया गया उसके हारमोन से वो टायन पक ये, ये क्या होता है ये कैसे हम लोग पे जाता है जब वो चीज उस पर होता है उसको छेड़ा गया उसके प्री मैच्योर पे किया गया वही हम लोग खाते हैं आ, वो हम लोग खाएंगे जैसे कि केला देख लीजिए आम देख लीजिए सेब देख लीजिए जब वो जाता है जब हमारे अक्सर देखेंगे बहुत से ऐसे आप एग्जांपल देखेंगे अपने आस पड़ोस की आ, वो फल फा, खाए तुरंत उनको मिट्टी आने लगी या सर दुखने लगा या बेहोश हो गया या उल्टी हो गई या उनकी तबीयत खराब हो ऐसी चीजें इसमें ये यहां तक के कैंसर के कारण बन बन जाते हैं कभी कभी ये साल ये एक हद तक ठीक रहते हैं लेकिन केमिकल इंडस्ट्रिया जो हम लोग को त्वरित चीज करने की है ये इसमें उपयोग होता है एथलिन को लेड लेड अक्सर देखेंगे कि अक्सर देखे होंगे कि जो कहा जाता है कि जब आप चले जाएंगे पेट्रोल भराना तो उसमें रहेगा सीसा रहित पेट्रोल बैटरी रही लेट के अभी आया था कि मैगी का जो मैगी म्यू पाया गया है ये सारी चीजें तो जो लेड होता है ये इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं हमारे नाक द्वारा हमारे फूड साइकिल द्वारा या जैसे भी पहुंच जाते हैं इससे हमारी दिक्कतें पूरी हो जाती है जो इसको अक्सर उपयोग करते हैं पेट्रोल पह, पहले करते थे अब नहीं करते हैं अब पहले देखते देखे होंगे आप लोग राजदूत गाड़ी चलाए जा रहे हैं उसको आधे घंटा पहले ही कोई चालू किए पड़ा है ऐसे जो वेहीकल थे सारी चीजें उसमें अक्सर वो चीज यूज होता था लेकिन अब तो गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्टोल कर दी है बहुत सारी चीजें हमारे एडवांस होते जा रही है टेक्नोलॉजी ये है लेकिन अभी भी लेट हमारे मिक्सअप होते जा रहे हैं इन वायरमेंट एसिड एसिड को मैंने बताया तो अब एसिड एसिड्रेंट में आप लगभग जान गए होंगे एसिड होता क्या है कैसे एसिड होता है कैसे वो प्राइमरी सेकेंडरी पॉलिटेंट फिर दूसरे से मिक्सअप करके दूसरे से हो के फिर वो कैसे एसिडेंट फॉर्म में आता है एसिड तो के आपकी एसिलेबल होता है पढ़े होंगे या साइंस में ही पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूँ की एसिड वो तो जो होता है एक पैमाना होता है जैसे ये पैमाना हुआ तो इसमें मान लिया जाता है कि यहाँ सिक्स या सेवन जो भी साइंस मान लिया जाता है, तो है कि इससे इधर जितना भी कम होते जाएगा वो पी लेवल जैसे पीएच लेवल बढ़ता जाएगा एसिडिटी एसिड की तरीके से एसिड ऐसे वो माना जाएगा इधर जो करेंगे इस साइड जो बढ़ता जाएगा कि वो नॉर्मल है नॉर्मल पोजिशन में जाएगा तो लेस देन 5.6 माना जाता है कि अच्छा खासा एसिड है ड्रेन सेवन से लो और एसिड इज कॉल्ड एटमोस्फियर से तो, तो आपको तो बता दिया हूँ जो तो एसिड ड्रेन की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी बॉम्बे में 1974 में आई थी ये अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो में जहाँ ज्यादाइजेशन है बहुत सारी चीजें वहीकल है इंडस्ट्रीज है वहाँ अच्छा दिखाया जाता है हमारे देख लेंगे मुंबई में देख लेंगे बंगलुरु में देख लेंगे और बहुत वैसे सिटीज में जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है ज्यादा व्हीकल चल रहे हैं ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो उसमें ये चीज पाया जाता है इफेक्ट क्या होता है जिसमें आपको तो लगभग एग्जाम्पल में बता दिया था कि इफेक्ट कैसे कैसे वो साइकिल में इफेक्ट डालता है लेकिन एक पॉइंट में देख लेंगे डिले इन डीकम्पोजिशन अगर वो नीचे जमीन में चला गया या कैसे भी चला गया तो जो हमारा डीकम्पोजिशन जो अहम पार्ट है देखिए हमारे इन्वायरमेंट में आप लोग तो इस ध्यान नहीं देते सकेंगे हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से बना एक साइकिल बना भले से हम अपना गाड़ी चलाते हैं हिरो अंडा चलाए या बुलेट चलाए निकल गए और सारी चीज क्या हमने इन्वायरमेंट भी दे, दे दिया पता ही नहीं चलता है किसको डिस्टर्ब कर दिया हमने तो डिकम्पोजिशन भी उसमें एक अहम पार्ट होता है जैसे हम कोई चीज फेंक देते हैं तो धीरे धीरे सड़ते गलते जाता है तो कौन करता है ये क्या अपने से हो जाता नहीं वो इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ लोग होते हैं उनको करते हैं अगर कहा जाए तो एक तरह से वो डिकम्पोजर सोल्जर होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं वो अपनी चीजें करते रहते हैं फंगी बैक्टीरिया है जो जो जो जो तो, जो जो तो, अपने आप का, काम करते रहते हैं लेकिन अगर आपने ए ड्रेन कर दिया या पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, तो उनके कामों में बाधा डाले खुद मर, मर जाएंगे उनका इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगे जैसे में डिकम्पोज आप देखेंगे पहले जो आ, हमारे पक्षी होते थे चील होते थे और कवे कुछ होते थे वो सब क्या होता था जब हम कोई चीज सड़ा गला कहीं पे रहता था तो खाते थे, उसे खाते थे और उनकी वो चीज फूस साइकिल थी। लेकिन अब वो कम हो गए तो अब वो अगर कम हो गए तो ऑलरेडी पॉल्यूशन बढ़ाएगा पॉल्यूशन बढ़ाएगी बढ़ेगा बाकी अपने इको सिस्टम पे इम्फेक्ट पड़ेगा दूसरा है ऑन मोमेंट मोन्यूमेंट जैसे मैं देखा अगर एसी ड्रेन होगा तो जैसे ताजमहल को देखिए ताजमहल देखिए जो मॉन्यूमेंट अपने जो बने हैं तो अच्छे से जो हमारी धरोहर है उस बिल्डिंग पर जब वो पड़ता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो खत्म होते जाता है बहुत धीरे क्योंकि वो ऐसे रॉक से बना रहता है ऐसे चट्टान से बना रहता है कि उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन नॉर्मल नहीं प्रभाव पड़ेगा जो नेचर में बना अपने बैलेंस तरीके लेकिन अगर आपने ऐसी ड्रेंड और उसको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया, वो उसपे पड़ेगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो दिक्कतें होने लगेगा जैसे बेस्ट एग्जांपल इस समय की बहुत चर्चा में है डिस्टर्ब होना शुरू कर दिया है तीसरा एक मतलब की जो हमारी इनर वाटर में कहा जाए या जो नदी तालाब है समुद्र है उनके अंदर की जो लाइफ चलती है ना लाइफिक लाइफ होती है एक उनकी दुनिया होती है जब हम डिस्टर्ब करते हैं हम करते हैं, तो उनकी है। यहां तक कि उनके जेंडर पे भी इफेक्ट पड़ता है बताया तो कि जो मगरमच्छ होते हैं क्रोकोडायल होते हैं अगर तापमान थोड़ा भी ऊंचा नीचा हुआ तो उनके जेंडर चेंज हो जाते हैं या उनके जेंडर में दिक्कतें आने लगती हैं उनकी लेट होने लगता है सारी मतलब वो इफेक्टिव होने लगता है ये ये, जो का है, उसमें ये फर्टिलिटी उनकी जाने लगती है ओशियन एसिडिकोसिस्टम सब होने लगता है है जैसे में हम आगे ध्यान देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से की समुद्र में जो हमारा है जो हम लोग समुद्र में कचरा फैलाते हैं एक नेशनल लेवल पे अलग दुनिया चल रही है अभी तो आपको चल रही है कि सिर्फ अपनी दुनिया चल रही है कि हम मोटरसाइकिल चलाए हम कर दिए कोई सामान कहीं भी फेंक दिए हमारे यूज की नहीं है फेंक दिए मोबाइल फेंक दिए ये फेंक दिए सारी चीज लेकिन एक अलग इंटरनेशनल लेवल की चल रही है कि कचरा एक दूसरे कहां ये आगे के साइड में जब ई वेस्टमैन है अभी तुरंत तो सर क्या इसके रोग है अभी तक तो हम लोग पॉलिटेंट जाने और क्या कैसे है भैया रोकेंगे कैसे ऐसे तो थोड़ी ना हम लोग किए जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं है जब तक हम बड़े होते हैं जब एक लेवल तक बड़े भी हो जाते तभी नहीं पता चलता इसीलिए इसको अभी जानने की जरूरत है अभी खासकर में जो बच्चे वन से लेकर ट्वेल्थ तक है या जुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको बेहतर बेहतरीन की जरूरत नॉलेज बढ़ाने की जरूरत ये हो गया इसको दो तरीके से है कुछ नियम कानून बने हैं जैसे कंट्रोल पोल्यूशन को कैसे करेंगे तो होगा आगे जो बताएंगे गवर्नमेंट रूल एक होता है कि अपने से जो क्या आप कर सकते आप एडअप्ट क्या कर सकते इसको बचाव के लिए कैसे ये प्रिवेंट होगा कैसे कंट्रोल होगा जैसे में आप टीएनजी का गाड़ी उपयोग करिए जिसमें वो यूज करिए जिसमें सल्फर कम हो जिस पेट्रोल डीजल बैग हाउस बनाइए बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम करिए इंडस्ट्रीज में बैग हाउस सिस्टम आपको बताते हैं बैग हाउस ये देखिए ये जो है ये इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये अक्सर देखेंगे तो ये इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो ये क्या बना है ये कुछ नहीं एक ऐसी चीज बनी है कि जो इंडस्ट्री के थ्रू एयर निकलता है इस बैग हाउस सिस्टम एक, एक साइड से देख रहे एंटर होगा एंटर हो ये एक कपड़े का जाली बना रहता है उसमें सारी चीज बना रहा है उससे फिल्टर होकर बाहर जो पॉल्यूटेड एयर है एंटर की और उससे छान के जो है अच्छी हवा है वो बाहर निकली है जो एयर निकलती है ये बैग हाउस ये देखिए कैटलाइट कन्वर्टर अक्सर आप देखेंगे कि फोर व्हीलर में ये लगा रा, लगा रहता है जो ये जो उससे एयर निकल रहा है पहले इसमें जाएगा इसमें वो छोटे छोटे क्षेत्रों में वहीं पे रहेगा फिर वहां से अच्छी चीज अच्छी गैस निकलेगा सारी चीजें ये देखिए एक तो से गाड़ियों में ये दिखता है लगाया जाता है ये कंपल्सरी रहता है और हम बी एस फोर बी एस इस समय चल रहा है ये 2020 में लागू हुआ और ये जो वेहीकल में BS4, BS6 अक्सर बच्चे कुछ जानते हुए कुछ नहीं जानते मैं बता दूं आपको कि ये ऐसी व्यवस्था है कि जो इंजन को अपडेट किया जाता है कि ये चीज इतना इमिशन कर रहा है अब इसको एडवांस करने की जरूरत है इसको अब अप, अपडेट करने जरूरत है कि इमिशन कम हो जो बी और के बाद तुरंत बी एस सिक्स से डायरेक्ट आरोप तो लेकिन हर गाड़ी चेंज तो करेंगे नहीं इसमें किया गया कि आप अक्सर देखे होंगे की कुछ बीच में कुछ ऐसा हो गया कि नहीं <coughs> गाड़ी ले जाइए ले जाइए ले जाइए या बदलने की नीति आई कि नहीं आप वापस कर दीजिए और ये अपडेट वर्जन लेके जाइए ये धीरे धीरे भारत से अपना ना धीरे धीरे अप्लाई होता है लेकिन एक-एक हार्ड रूल अपना के नहीं किया जा सकता क्योंकि जो गाड़ी खरीदे हैं एक साल में तुरंत बेचेंगे नहीं लेकिन उसका इंजन अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीजें और अपडेट होते रहता है ये अक्सर देखेंगे गाड़ियों के रहता है ये इंजन के अपग्रेडेशन के लिए है जो फॉलो कम करे ये हाँ ये पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टेटर, स्ट्रेटर है ये जो है ये मैं बताऊ ये अक्सर इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है ये ये चीज है इसको देखिए, इसको प्रसन्न न हुई देखिए इसको समझने की चीजें हैं कि ये आप अक्सर देखेंगे तो थोड़ा सा साइंस पढ़े होंगे तो उसमें प्लस माइनस का ये चीज होता है कि दो रॉड लगे होते हैं ऐसे रॉड लगे एयर इसमें से गए तो इधर प्लस इधर प्लस रहता है उसको निगेटिवली बीच में चार्ज कर देते हैं जो एरिया रहता है जो देखेंगे ये एरिया जा रहा है तो उसमें से गैस गई तो जो नेगेटिव जा रहा है तो अपना एडप्ट कर लेते हैं जो पार्टिकल्स हैं इसमें चपक गए इसमें चपक गए एयर निकल गया उससे डस्ट होते हैं जो छोटे छोटे कण छोटे छोटे कण होते हैं वो चपक जाते हैं बाकी के एयर अच्छे से निकलते हैं ये विधि अपनाई जाती है इंडस्ट्रीज में जैसे इसको देखेंगे तो यही है उसी का रूप है देखिए जैसे एक तरफ से एयर गई कितने सारे बने हैं उसमें वहां से दूसरा से निकला और जो एयर है उसको मिनिमाइज किया गया। गया अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कुछ रूल कुछ रूल हैं, नहीं हम कानून बने, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 तो, तो में बनाया गया गया द्वारा, ध्यान देने की जरूरत है कि इसको ऐसे ऐसे इतना करने की जरूरत है तो मतलब कि तो कम, जो हमारा बाघ आता है 12 या 10 का उतना रहता, उसका 2.5 बहुत सारे नाइन में बारह पॉलिटेन को किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स के तरीके से दूसरा है एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वच्छ भारत के अंतर्गत लाया गया इसमें वो बारह जो थे अब एट लाया गया आठ को लाया गया अब उसको समझाने के लिए मैं आपको इसमें जो 2009 में था गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इतने सारे चीज कर दिए थे लेकिन उसको एक समझाने का जो था वो अपडेट वर्जन टू फिफ्टीन में लाया गया जिसमें बना दिया गया जिससे आप लोग ऐसे से हर सिटी का हर जगह का अपना अपना इंडेक्स अपना मेजरमेंट करेंगे गवर्नमेंट द्वारा किया गया जैसे इसमें देखा जाए तो आ, जो, हैं। उसको पॉल्यूटेंट उसको देख हाँ, देखा गया, देखा गया के कौन सी सिटी किसमें आती है एक अच्छा सा, अच्छा साधक हो गया देखने का कि नहीं हम इसमें आते हैं इसमें आते हैं इसमें आते हैं और कभी कभी ये आप लोगों को इसलिए सारी चीज बता रहा हूँ क्योंकि जब न्यूज या जब आपके माइंड में आप, आप, आप, आप आपके सामने ये आएगा जब सामने आएगा ना तो लगेगा हाँ ये चीज ये ये सामने बताया था ये चीज ऐसे अब देखने का नजरिया बदल जाएगा आपको अच्छा पहले पुअर था तो अब मॉडरेटरी पॉल्यूटेड हो गया या भेरी पुअर था पुअर में आ गया या सेटिस्फैक्ट्री में आ गया कौन सी सेटिस्फैक्ट्री में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत ध्यान देने की योग्य है कि जब हम ध्यान दें इस चीज पर तो उसी हिसाब से काम करते हुए आगे बढ़े जितना मिनिमाइज हो सके पॉपुलेशन का करेंगे इनिशिएटिव क्या लिया गया बोर्ड 1975 में में में बनाया बनाया गया, गया 74 एयर एक्ट 1981 में एक सफर प्रोग्राम लाया गया जिसमें कि एयर क्वालिटी 24 घंटे के अंतर्गत टेंपरेचर को कैसा है कैसा नहीं है क्या क्वालिटी है ये लागू किया गया दिल्ली से स्टार्ट किया गया इसको ये फर्स्ट एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसके बाद नेशनल का की कितना है। एक वाई अर, अगुमेंटेशन, जो एयर एक तरफ से जाएगी दूसरी तरफ से बेस्ट क्वालिटी जैसे देखिये नीर ने नीर नी बनाया था इसको भारत सरकार से खोले ग्रेट में ये देखिए एक तरफ से एयर जाती दूसरी तरफ से अच्छी एयर निकलती है जो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखे होंगे आप लोग पहले आ, जो लकड़ी है और गोबर से कंडे से बनाते थे अब ये है कि अब आप, आप उज्ज्वला योजना द्वारा गैस से जाए तो उससे भी बहुत सारे चीजें इन्वायरमेंट में इंपैक्ट अच्छा पड़ा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटरी दिलाई के लिए गया कि नहीं एक प्रियमें अथॉरिटी बनाएगी कि नहीं अब इस पे काम करने की जरूरत है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटरी सरकार तो, तो के लिए किया गया कि नहीं अब आप इस पे जरूर काम करिए कुछ तो चीजें होती हैं कि नहीं अब सरकारी तंत्र क्या होता है डी करता है या कुछ ऐसा इधर उधर कर तो सुप्रीम कोर्ट को तो लगा कि नहीं आप इस पे काम करिए या तुरंत उसपे अथॉरिटी एक कि नहीं आपको इस पर काम करने की जरूरत है वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन वो पोल्यूशन है जो हमारा वाटर जो हमारा नॉर्मल वाटर है जो हम पे के लिए हमारे एनवायरमेंट के लिए हम ह्यूमन के लिए है एनिमल के लिए है इकोसिस्टम में जो है उसमें कोई भी चीज ऐसा हम एडेप करें अंडिजायरेबल सब्सटेंस जो वाटर को डिस्टर्ब करे उसको पॉल्यूट करें वाटर पोल्यूशन में आता है जैसे में तो देखा जाए कि क्या वाटर पॉल्यूशन किसको हम मानेंगे कि वाटर पोल्यूशन किस चीज को कहेंगे नहीं ये वाटर पोल्यूशन किस चीज को कहेंगे नहीं ये चीज है सामने सीख रहा है जैसे बच्चे रहेंगे तो कहेंगे कि अगर रास्ते से आ रहे हैं तो कोई भी देख कि नहीं इससे वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है सामने से जो दिखाएं सोर्स हो, उसे उसे हो रहा है कोई बाहरी तत्व से जैसे में कोई सीवर है कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है उसे देखा अच्छा यहां से पॉल्यूट हो रहा है ये सोर्स है तो पॉइंट सोर्स जो पॉइंट सोर्स होता है वो डायरेक्टली दिखता है अच्छा यहां से ये डिस्टर्ब हो रहा है ये कोई कर रहा है ये डिस्टर्ब कर, कर रहा है ये वाटर को कर रहा है कर रहा है सारी चीजें दूसरा है दिखे जैसे में एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर दिया जा रहा है पेस्टिसाइड दिया जा रहा है सारी चीजें की जा रहा है और वो घुल के बाहर नदी में चला जाए किसी और पॉइंट में चला जाए तालाब में चला जाए या ग्राउंड वाटर में चला जाए ये तो दिख नहीं रहा है लेकिन ये हो रहा है तो नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन कहते हैं इसमें एग्रीकल्चर सोर्सेस जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होते हैं वो चीजें उसके थ्रू नीचे जाता है दूसरा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज घर से निकलता है अपना घर से निकलता है वेस्टेज जो भी निकलता है या सीवरेज के थ्रू निकलता है जो भी अब वो पहुंचता है वाटर में या नदी में पहुंचता है नाले में पहुंचता है वहां से भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो इंडस्ट्रियल का वेस्टेज है वहां से निकलता है जैसे मैं आप देखेंगे कि जो हमारी बिजली बनती है या जो न्यूक्लियर आते हैं वहां से क्या होता है पानी से पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको गर्म किया जाता है अब गर्म पानी छोड़ दिया जाता है अब आप देखिए कि अगर वह गर्म पानी आया अब वो ठंडे पानी में गर्म पानी जब आया मिला तो वहां पे जो इन्वायरमेंट जो वहां पे सब रह रहे वहाँ पे इकोसिस्टम जो बना है डिस्टर्ब हो गया तो भाई जो नॉर्मल जिसका तापमान नॉर्मल उसमें रह रहा है अब गर्म पानी छोड़ दिए गए उसमें अब डिस्टर्ब हो गया अब डिस्टर्ब हो गया तो फिर दिक्कत होने लगेगा पॉल्यूटेट हो जाएगा पॉल्यूटेट हो जाएगा इको पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा सर्दी के ऑर्गेनिक देखा हेलो हेलो जी सर आवाज आ रही है हमारी हाँ। ठीक ठीक ठीक जैसे मैं ये इस इमेज से ये समझेंगे कि जहां से पद निकल रहा है देखिए पाइप नोमा बना है वो पॉइंट सोर्स है और नीचे वो आया या ये किसी भी वाटर जहां पे पौंड है तालाब मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए समुद्र तो मान लीजिए या नदी मान लीजिए तो निकल रहा है अब क्या हो रहा है कि वहां से जो आ रहा है अब वहां पे देखिए कि जो हमारी मछलियां हैं जो वहां पे जो भी उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो गए वो इधर उधर जाने लगे क्यों जाने लगे इसलिए जाने लगे कि उसके बहुत सारे कारण है एक कि उनका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ दूसरी बात है कि उनकी आजीविका जो वो शोषण क्रिया करते हैं जो उनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो वहां मिलेगी नहीं इसलिए नहीं मिलेगी कि वहां पे जो पॉल्यूट हो गया हो गया, वो तो अब अगल बगल निकलेंगे जब अगल बगल जाएंगे तो वहां पे सारी चीजें बगल में गए यहाँ पॉइंट सोर्स पे यहाँ पे हो रहा है अब वहां पर गए यहाँ का जो रहे इकोसिस्टम रह, रह, है वो रिप्लेस हुआ किस डिसमेंट हुआ दूसरी जगह जहां पे ऑलरेडी ऑलरेडी लोग रह रहे हैं अब वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी तो वहां होने लगेगा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हो जाएगा जाएगा मैरिन एंड कोस्टल थर्मो रेडिएशन मैर पॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो जो हमारी मैरिन में देखेंगे की अक्सर देख में सुनने में आएगा पेपर में आप लोग देखते हुए कि अक्सर ये पेट्रोल डीजल जो आता है सप्लाई से वो लीक हो जाता है वहां से सारी चीजें होती तो वो पॉल्यूट कर देती है उन वो वहां के जो वहां का इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है जैसे एग्जांपल के तौर तो से आप देखेंगे आपको ये देखिए वहां से देखेंगे कि ये ऑयल है वहां पे हो गया अब इसमें जो रहते हैं उन लोगों का रहने का जो हमारे इको सिस्टम है डिस्टर्ब जैसे ये देखिए अब ये जो आल निकला है अब इसकी पूरी तरीके इसका रहने वाला सारे चीज डिस्टर्ब हो गया इसमें जो मछलियां होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी ये देखिए ये सारी चीजें हैं कोस्टल पॉल्यूशन में भी यही सारी चीजें मरीन एंड कोस्टल दोनों के एक तरह एक तरह के जो सीवे सोर्सेस है उसपे तो पॉल्यूट होता है हमारे द्वारा या जो इंडस्ट्रीज द्वारा होता है उसके ये करते हैं दूसरा थर्मल रेडिएशन पॉपुलशन पॉल्यूशन थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन ये होता है कि जो हमारी बिजली बनती है जो रेडियो एक्टिव जहां पे होता है या उसके लिए एनर्जी इकट्ठा की जाती है उसमें जो वहां से जो पॉल्यूट होता है वो सारी चीजें जैसे नहीं देखे। ये देखिए जैसे थर्मल पॉल्यूशन इसमें देखिए थर्मल चल रहा है सब चीज बढ़िया अब वहां से जो वाटर निकल रहा है वहां वहां से से हो हो जाएगा, वो वहां हो जाएगा, वो के ऑक्सीजन कम ये देखिए जैसे, एक तरफ उनको पानी की भी जरूरत है क्योंकि भाई उनको तो बनाना है बिजली एक तरफ से पानी की जरूरत हो रही है वाटर ले ले रहा है अब उसमें मछलियां भी आ जा रही जो भी है वहां से लिए अब उसमें हॉट वाटर वहां से इधर तो से देखिए दूसरी तरफ से हॉट वाटर वो इम्पैक्ट डाल रहा दा। है ये पॉल्यूशन भी रेडिएशन वाला, ये देख लेते हैं कि उसमें कौन-कौन कौन से में कौन से में निकलते भोपाल गैस पास इम्पैक्ट पड़ता है डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि तो एक कुछ बीमारियां ऐसी होती दर पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगती है आपका आपके वो जो प्रोडक्शन सिस्टम पे वो इंपैक्ट डाल देता है ऐसे केमिकल्स होते हैं वाटर पॉल्यूशन में देखेंगे आप तो जो इस इस से आप देखेंगे कि हमारे घर या हम लोग अक्सर भूल जाते हैं जो ऊपर ऊपर नहीं दिखता है सामने से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर कितनी सारी चीजें चल रही है तो हम देखते हैं पॉइंट सोर्स की बात करते हैं दिख ले जाए सामने वाला ये गंदगी फैला रहा है ये पाप कर रहा है ये सारी चीजें हो रही है लेकिन जो अंदर हो रहा है उसको देखिए जैसे लैंडफिल हो रहा है नगर निगम की आई गाड़ी वहां फिल कर दी इधर उधर देखा कोई नहीं डंपिंग कर दिया या कोई भी आप ही है राजदूत से निकले या बुलेट से निकले कचरा लिए वे नहीं है इधर दूसरे में डाल दिया डंप कर दिया या किसी नदी नाले में फेंक दिया अक्सर ये होता है हम बहुत सारी गलतियां करते हैं डंप कर दिया अब वो डंप करके चले गए हम तो हम बच गए भैया अब बच नहीं रहे आप खुद से निवास पेक्ट्रॉल है इससे क्या होगा लैंडफिल किया कुआं आप ही खुद के पानी से वहां निकाल लेंगे पेस्टिसाइड भी आपके खेती से आ रहा है फर्टिलाइजर भी आप ही से आ रहा है जुड़ा है सारा चीज पॉल्यूट क्या कर रहे हैं ग्राउंड वाटर कर रहे हैं वही को दिक्कत दे रहे है। हैं ये सारी चीजें हैं ये समझने सोचने की बात है जैसे उसमें फ्लोराइड फ्लोराइड होता है यूरेनियम होता है न्यूट्रिय बहुत सारी चीज न्यूट्रिय होती है अंदर चला जाता है और उसमें रोग क्या होते हैं अगर देखा जाए तो बेबी बेबी कैसे होता है, तो है ड्रिंकिंग वाटर में अक्सर देखा जाता है पाया जाता है एक एक लेवल तक ठीक रहता है <laughs> लेकिन अगर आप ये एक लेवल से बढ़ गया आपको बेबी सिंड्रोम हो सकता है और आपको सांस लेने में आपको उल्टिया ज्यादा तो डायरिया पे इंपैक्ट पड़ सकता है अक्सर देखे होंगे की पानी नहीं अक्सर पाया जाता है एक आ, जो इंडस्ट्रियल सीपेज होते हैं माइंड डिस्चार्ज होते हैं उससे पॉल्यूटेड हो जाते हैं अक्सर ये देखेंगे की नदी किनारे था या हमारे इंडिया में देखेंगे तो गंगा तो देखे के किनारे अक्सर ये सारी चीजें देखने को कि आसानिक उसमें ज्यादा हो जाता है ग्राउंड वाटर में तो ब्लैक होता है ब्लैक मूवल पर देखेंगे तो वहां से देखा जा सकता है कि आपको दिखाते हैं स्लाइड मेरी हेलो हाँ सर हेलो yes, ये ये दिख रहा है हाँ. जी सर है ये ये स्किन कैंसर का भी कार है। ये पी -पी भी कारण बनता देख दोबारा आ गए दिख रहा है पुलो? जी जी सर आप yes, हाँ, दूसरा दुसर, दु, होता है फ्लोराइड फ्लोराइड होता है कि देखिए इस परेशान कि नहीं फ्लोराइड ये आपके ये थोड़ा सा है बस नोट कर लीजिए या उसको जानिए होता क्या है ये चीज होता है हमारे पानी में फ्लोराइड नहीं पाया जाता है हड्डियों वाली दिक्कत होने लगती है अक्सर जोड़ वाली जो होती है दिक्कतें होती है नौकनी सिंड्रोम कहते हैं जोड़ों में दिक्कत होने लगती है हड्डियाँ कमजोर हो जाती है अक्सर ये मतलब एक लेवल तक ठीक है लेकिन उससे ज्यादा बढ़ जाता है जो हम बढ़ाते हैं जो बहुत सारी चीजें पॉल्यूट करके बढ़ाते हैं तो उससे सारी चीजें समस्याएं होने लगती है मरकरी है और लीड का मरकरी से क्या होता है मिनीमाता हो, होता है मिनीमाता रोग होती है और ये एक तरह से न्यूरोसर्जिकल न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के तरीके से होता है जो आपको आ, पानी के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है और छोटे छोटे छोटे छोटे, छोटे का होते जैसे लेड हुआ के रूप में जाता है, हैड्डियों है। तो है, को जोड़ना है, इताई इताई है, है। है सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हम एक लिमिट से ज्यादा अब कर रहे हैं फॉलो अक्सर ये समस्याएं अब शुरू हो गई पहले से भी होती थी लेकिन पहले एक लेवल पे क्योंकि कहीं के कहीं का ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब हुआ लेकिन अब समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है इफेक्ट क्या है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन का ये है कि जो हमारे लेक हैं जो जो है, जो पॉन्ड हैं लेक हैं उनकी समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं उनकी समाप्ति की तरफ कि जब हम वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं उसका जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जा रहा है इको डिस्टर्ब हो जा रहा है तो पूरे एक, एक जो, जो ड़े रहते हैं वो सारे उनका फूड चैन डिस्टर्ब हुआ बाकी अब फूड चैन डिस्टर्ब हुआ, हुआ। इतना फूड चेन का क्या मतलब है आपको बता दें फूड चैन का उससे यह समझिए कि फूड चेन से हर एक दूसरे पर डिपेंड है जैसे हम क्या खाते हैं या खरगोश क्या खाता है घास के तरीके से खरगोश को कौन जो खाता है खरगोश को जो खाता है उसके ऊपर कौन खाता है जैसे में शेर को क्या चाहिए मांस चाहिए मांस हिरण हिरण घास खाएगा तो सबका एक दूसरे से साइकिल जुड़ा हुआ है हम क्या खाते हैं हम ग्रेन खाते हैं अनाज अनाज खाते हैं वो वो वो वो वो तो तो तो अगर अगर अगर हुआ हुआ तो हुआ हमारे में आएगा अगर हमारा जो है वो हुआ। अब ये ये ये कि अगर वो हुआ तो हम क्योंकि हर चीज तो कार्बन है कार्बन है जितने भी पॉल्यूटेंट हैं वो उसमें जा रहा है वो आपके पौधे में जा रहा है सारी चीजें वो आपने खाया आपके अंदर आया डिस्टर्ब होंगे आपका आप बीमार होंगे सारी चीज आप दूध पी रहे हैं आपकी जो गाय है भैंस है जो भी मवेशिया है वो खा रहे हैं तो आपके शरीर में आ जिससे डीटीटी वाला अक्सर देखे कि आ, ये बैन कर दिया गया है इतना कि इससे पक्षियों पे असर होता है ये कैसे होता? असर होने लगा कि अक्सर ये डीटीटी जो होता है ये ऐसी चीज है कि ये एक तरह से कहा जाए तो जैसे में वो जैसे कीड़ों को मारने के लिए एक तरह से दवा कीड़ों को मारने के लिए दवा है और किसी चीज को तुरंत इलाज का ये है तुरंत इलाज हो जाता है इससे तो ये अक्सर उपयोग होता था या तो पशुओं के लिए होता था खेती के लिए होता था तो जो ये होता था तो वो उनके फूड चेन में आया उनके फूड चेन में आया तो जब वो मरते थे या कोई चीज पक्षी खाता था या हमारे जो इकोसिस्टम वो जब उसके फूड चेन में आता था तो बहुत सारे पक्षियां विलुप्त होने के प्रकार पे आ गई इसको तुरंत रोका गया कि नहीं तो ये यूज नहीं करना है तुरंत बैन कर दिया गया अपने अराउंड नाइनटीन सेवेंटी टू या अब इन सबको रोकने का वाटर पोल्यूशन रोकने का इनिशिएटिव क्या है क्या हम कर सकते हैं जैसे है। हम हमारे गाँव में अक्सर होता है अक्सर हमारे बुजुर्ग जो हों वो करते रहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको जैसे क्या होता है रिपेरियन बफर ये ये देखिए जैसे हम अक्सर देखेंगे कि हमारी जो गाँव की नदियां हैं उसके अगल बगल बहुत सारे ऊंचाई पे पेड़ पौधे ये सब कुछ एरिया तक पेड़ पौधे बनाए ये इसीलिए बनाए जाते हैं या इसको बनाने में प्रोत्साहन तो देना चाहिए इसको बढ़ाना चाहिए इसलिए ये जो होता है वो हमारे बाहर के जितने भी पानी आते हैं सबको पहले तो रोकता है पहले उसमें जो लेड रहते हैं जो पॉलिटेंट रहते हैं उनको आने से रोकता है वही तो रोक देता है रेक कर देता है हॉट वाटर जो आते हैं हाट वाटर आए वहां आते आते पेड़ संपर्क में आए पेड़ के में चीज वो कोल्ड हुआ तो बहुत सारी चीजों को ये एक तरीका होता है कि उससे रोका जाए ये बफरिंग करती जैसे में ये देखेंगे तो दोनों तरफ से ऐसे बना हुआ है दूसरी देखेंगे तो वैसे भी इसी का एक बड़ा रूप है सिस्टम दूसरा है कि आ, पानियों में कुछ ये ये जो है वाटर है है ये ऐसा चीज है वाटर में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको आ, उगाया जाता है कि वो लेयर बनाए रखें तो उस पे कोई चीज ना बाहरी चीज ना ना डाल पाए पाए बाहरी उसमें घुल या आए तो उसी पे रह पे, उस पे रह रह जाए जाए ऐसे और नीचे का सेफ तरीके से वाटर जो समुद्र में आ, वाटर में ऑयल हो जाता है ऑयल लीक हो गया या ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था उस पर उसके लिए ऑयल जयपुर नाम की एक विधि होती है एक विधि क्या होती है उसमें एक छोटे छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो उनको छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आल जयपुर नाम से तो, ब, आल जयपुर विधि से किया जाता है उसमें ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनाइज छोड़ा जाता है दूसरा और और आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं जैसे कि आप जिसको एक तरह से हिंदी में तो सफेदा कहते हैं लिप्टस कहते हैं वो वहां पे इसमें कहा गया है या वो ऐसे लगाना चाहिए जहां पे कि वाटर का गंदा वाटर निकल रहा है तो वो वहां से उसको सोख लेगा और जो फिर नीचे जाएगा तो उसको धोके जाएगा या उस हानिकारक जो है चाहिए वो ऊपर ही रह जाएगा उसको कर लेगा ये इनिशिएटिव होना चाहिए आ, तो उसके बाद है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कमी हो जहां पे उस चीज की कमी हो तो उसको अपने से फील करना चाहिए जैसे में कि वैसे ये देखा जाए तो यहाँ पे अपना हम जान रहे हैं कि जमीन के नीचे जमीन के नीचे इस चीज की कमी है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी है या वहां पे जो जीवाणु बसे हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पे इंजेक्ट करके उनको जीवित किया जाए वो जो हैं या वो जो फंगस हैं जो जो भी वो लोग हैं वो उनको ऑक्सीजन मिले वो अपना फंक्शनिंग कर पाए इससे क्या होता है कि एक तंत्र उनका वेल स्टैब्लिश तरीके से जैसे मैं हम लोग जब वेंटिलेटर हम लोग बीमार होते हैं वेंटिलेटर पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है जैसे कोविड में देख लिया जाए फायदी तो ऐसे उन लोग को भी ध्यान दे के उनको जीवित क्योंकि उनके उन पर निर्भर है हम लोग हम लोग उन छोटे छोटे डिकम्पोजर पार्टिकल्स पे उन सब हम लोग निर्भर हैं वही बायोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाए हैं दूसरा देखा जाए तो इसमें ग्राउंड सरफेस में इंजेक्ट किया जा रहा है दूसरा में जहां हूं उस डिकम्पोजर कुछ बैक्टेरियों की जरूरत है वहां इंजेक्ट बैक्टीरिया को किया जाए क्योंकि उनको भेजना भेजा जाना है कि नहीं आप जाइए वहां पे या उनको भेजना है आप जाके वहाँ पे थोड़ा अपना व्यवस्था बनाइए क्योंकि आप से हम चल रहे हैं ये सारी चीजें इनिशियट हो रहा है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कर रहे हैं और खुद करते जाए जैसे ये फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ये देखिए ये ये देखिए एक खेती हो रही है देखिए दोनों इमेज में देखिए एक गुजरात का है दो महीने पहले दो महीने बाद वाला इसमें देखेंगे आप लोग तो इसमें जो है एक खेती है उसमें दिख रहे हैं काली काली स्त्री है ऑयलिंग ज्यादा मतलब अगर मैं उसमें उसके अंदर ऑयलिंग ज्यादा है उसमें कुछ चीजें इंजेक्ट कर दी गई कुछ चीजें कुछ छोड़ दिया गया वो जो बैक्टीरिया जो उसमें गए या डीकम्पोजर गए वो अपना काम किए और सारा चीज अपने हिसाब से कर दी, बाकी देखिए दो महीने बाद एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर है और यह बढ़िया तरीका ये तरीका है का। अटल मिशन फॉर रिजिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसम अमृत योजना आई स्मार्ट सिटीज मिशन में और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में गंगा, में गंगा एक्शन प्लान, इस चीज गया कि हमें अपना कम करना करना करना है, उसे करना है, उसे करना है, काम मिनिमाइज जो भी करके अच्छे से उसको अपने के, हेल्दी के है, आ, और पे बात करेंगे हम लोग सॉयल पॉल्यूशन सोयल पॉल्यूशन जो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ये चीज होता है कि जो जमीन है हमारी जो उर्वरक है जिसमें हैं, कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं कि जो उसको एनर्जेटिक बनाए हैं उससे हमारे अच्छे प्रोडक्शन हो रहे हैं एक हेल्दी फूडग्रेन वहां से निकल रहा है उसको हम लोग डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं देखा जाए प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं इंडस्ट्रियल सोर्सेस वहां पे इंडस्ट्रियल के जाके वो पॉल्यूट कर दे रहे हैं पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर करके कर दे रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल के हो रहा है का वाजल के तरीके से हो रहा है डंपिंग सॉलिड वेस्ट कुछ भी डंप कर दे रहे हैं उसको अंदर जैसे हम लोग अपने गांव घर में देखे कुछ भी होता है कुछ भी खराब चीज हुआ फेंक दिए निपटा दिए निपटा दिए कैसे मतलब कोई नहीं देख रहा है दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कि कोई नहीं देख रहा है चलो निपटा दो हमारा क्या जाता है भैया आपका ही जा रहा है आप द्वारा सब लोग ऐसे देख रहे हैं अनदेखा कर ऐसे करके तो अगल बगल नहीं देख कर देता नहीं सब लोग यही कर रहा है नहीं करना है न्यूक्लियर वेस्टेज होते हैं तो उनके लिए वो एग्रीकल्चर जो सॉयल पॉल्यूशन होता है इफेक्ट क्या होता है उससे फल हमारी कमजोर होती है उसमें लौड़ी गर्म भरता है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने लगती है ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा डिस्टर्ब होने लगता है वेजिटेशन जो उस पर आधारित बायोडायवर्सिटी है वो इंपैक्ट करती है हेल्थ प्रॉब्लम जो होने लगती है फूड चेन की अगर वो डिस्टर्ब हुआ फूड चैन डिस्टर्ब हुआ हमारा डिस्टर्बेंस हो गया बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं उनकी फल न्यूट्रिय जो होती है वो कम होने लगती है ये सारी चीजें होती है कर क्या सकते हैं हम लोग उसके लिए जितना पॉइंट फोर्स है उसको रिड्यूस करना है जितना भी जो हम यूज कर रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कि ये चीज करते हैं ये कितना सक वो करना इसको रिड्यूस करना है मिनिमम रिड्यूस करना जितना हो सके सोयल हेल्थ कार्ड उसकी अपनी जमीन की जो है उतना ही नहीं कि बगल वाला चार किलो यूरिया डाई डाल रहा है तो आप दस किलो डालेंगे नहीं आपके सॉइल की जितनी जरूरत है उस हिसाब से डालिए उसको गवर्नमेंट का जो रूल है उसमें हेल्थ कार्ड के तो सॉइल को जानिए पहचाने की कि कितनी जरूरत है अब हद से ज्यादा कर देंगे किसी चीज को किसी चीज को किसी आदमी को मीठा पसंद है तो पूरा मीठा ही खिला देंगे कितनी उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी मीठा खिलाने से ज्यादा काम करेगा मर जाएगा आदमी इसलिए इस, एग्रीकल्चर लैंड भी वही है उसमें ये नहीं की दस किलो डालेंगे पचास किलो डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं पा रहा है दिक्कतें होने लगी अपना नॉलेज नॉलेज के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना है अवेयर करने के लिए और जो हमारी पॉइंट्स सोर्स है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल साइट है उसको ठीक करने की जरूरत है प्लास्टिक पे बैन करने की जरूरत है कि नहीं इसको जितना हो सके बैन किया जा सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी बनाने की जरूरत है उसपे काम करने की जरूरत लोकल कम्युनिटीज की जरूरत है कि नहीं उसपे पंचायत लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करने की जरूरत है सीवेज को ट्रीटमेंट सीवेज को अच्छे से प्लान तरीके से कीजिए जितनी विधिया बताई गई उस हिसाब से काम करिए डिस्पोजल करने से पहले उसको जानिए कि कौन सा मटेरियल हम डिस्पोज कर कौन सा वेस्टेज है जैसे अब अब, अब तो बल्कि ये बल अच्छा हो रहा है दिन पे दिन ये सारी चीजें हो रही है की अब कचरे को भी डिवाइड किया जाए कि गीला कौन सा सूखा कौन सा मेडिकल कचरा है कौन क्या है हमें कई कई हर चीज पे मेहनत करना है जिसको हमने चार रिफ्यूज करिए उसको मना करिए यूज करने से पहले जैसे प्लास्टिक होता है करिए कोई चीज ऐसा हो उसको रीयूज करिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक एसेट बहुत सारी चीजें हैं उसको हो सके तो रीयूज करिए यूज करने वाले दो तरीके होते हैं जैसे कहते हैं रीयूज करने वाले एक दो प्रकार के होते एक होता है कि सस्टेनेबल तरीके से उसका ये नहीं कि उसको उसमें से चिप की जरूरत हो चिप निकाला बाकी फेंक दिया नहीं आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसी चीज करना है कि उसका हर पार्ट हर तरीके से हर जगह से उपयोग हो यानी कि गोलू जैसा हो तो गोलू क्या करेगा उसको जरूरत है ये चीज एक चिप निकाला अपना काम कर का उसमें से ये चीज निकाला वो निकाला बाकी फेंक दिया वो तो रीयूज किया लेकिन भैया रियूज किया क्या वो तो अपना चीज ले लिया बाकी फिर कर दिया नहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको रियूज करना है व्यवस्थित तरीके से रिसाइकिल करना है रिसाइकिल करिए जितना आप सके हो सकते काम करना है नो एस्यूशन बच्चों समझ में आ रहा है हेलो जी सर समझ में आ रहा है चल जो नहीं समझ में पूछ लेना मैं तुरंत फिर बताऊंगा कोई दिक्कत होगा तुरंत पूछना हो। बहुत सारे ऐसे चीज है कि मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा तुम लोग की लैंग्वेज में अभी तो उसी लेवल पे समझा रहा हूं लेक्चर को वैसे अरेंज किया ही है नॉइज पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन क्या है कोई बच्चा बताएगा ये तो आसान है बताओ तुम लोग अपने जहाज को चढ़ के जाते तो हो ना फुलीड से साइलेंसर ही निकाल दिए चले जा रहा है इंसान पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया बताते जा रहा है कि भैया आज हम बाइक पे तो जा रहे हैं <laughs> हाँ देखो नॉइज पॉल्यूशन वो है कि ऐसा साउंड ऐसा साउंड जो साउंड तो सब सुन रहा है हमारे पास कान भगवान ने दिया है इंसान ने दिया अरे इंसान के द्वारा सब चीज सबके पास है इंसान के पास एनिमल सबके पास है सारी चीजें है सुन तो सब रहा है लेकिन सुनने की तो भी लिमिट है। अब कि अरे कान तो दिए हैं अरे भाई एक लिमिट है तुम डीजे बजाते रहो, कान फाड़ दो बगल वाले के पड़ोसी वाले नहीं। एक उसका एक एक नियम कानून है एक उसकी क्षमता है अपने कान की भी एक क्षमता होती ऐसे ही डब्ल्यू द्वारा कहा गया है की जो नोज का है ऑप्टिमम 45 फाइव है डीबी का मतलब डेसीबल होता है ये मेजर करने का एक तरीका है 45 रात में 35. और 80. मैक्सिमम बोला है कि 80, दी, दी, दी, आ, 80 जो है ये सबसे ज्यादा हानिकारक इससे दिक्कतें शुरू हो, हो जाएंगी स्ट्रेस होगा बहुत हो सारी चीजें दिक्कतें होंगी. और जैसे कि अगर देखा जाए कि आ, इंडिया में कितना है कितना लेवल तक है इंडिया में मेंबल है 2011 के नियम जो बनाया गया उसको उसके तरीके से इंडिया में नियम है इंडिया में जो परमिशेबल नियम कहता है कि 75 डीबी डे टाइम के लिए 79 के लिए इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रिय। कॉमर्शियल एरिया के लिए 65 55 फिफ्टी एरिया 55 45 इसके लिए और साइलेंट जोन बच्चों तुम लोगों को पता नहीं हुआ किस्पिटल तो आप आपको साइलेंट जोन रहना ही पड़ेगा उसमें आपको फोर्टी फिफ्टी और फोर्टी के तरीके से रहना ही पड़ेगा उससे ज्यादा एकदम नहीं साइलेंट जोन में माना जाता है कुछ नियम कानून इसमें होते हैं जो 1981 में एयर कंट्रोल के और जो। कं कंट्रोल के और इसको कैसे किया जा सकता है कि मेंटेनेंस व्हीकल का आप अच्छेस करिए उसको अपडेट करते रहिए अटेंशन अटेंटन वॉल बनाना चाहिए वॉल एक प्रकार की ये होता है कि एक तरह से एक लेयर होती है जैसे आपका ये दीवाल है तो एक लेयर एक वॉल वो आता है अगर वॉल क्या आता है मतलब एक लेयर तरीके से होता है उसे ऐसे चपका देंगे तो वहां से वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी वो कहीं और नहीं जाएगी तो इंडस्ट्री में जहां ज्यादा फुरबुल होता है वहां पे इसको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है और अब तो मैंट्री कर दिया गया कि इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर और सारी चीजें जो इंडोर जो इंडोर इंडस्ट्रीज है उनके लिए बैन कर दिया गया पावर टूल को जो लाउड म्यूजिक है उसको बंद करने की जरूरत हो जो लाउड स्पीकर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं उनको बंद करने की पटाखे न जलाइए रेफ्रिजरेटर और सारी चीजें ये सब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है ई वेस्ट मैनेजमेंट अब आगे हम लोग की ई वेस्ट मैनेजमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट ये होता है क्या ई वेस्ट जिससे लिखा है स्क्रीन में देखेंगे आप इमेज में मोबाइल है चिप है बहुत सारी चीजें जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक इंसान तरीके से देखा जाए हम लोग जो यूज करते हैं यूज करते हैं एक हमको लगता है कि अभी तक 10-15 या अपने पूरी फैमिली में देखा जाए अगर दे। आप लोग अपनी फैमिली में अपने घर पे निकालेंगे कि वेस्ट कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना है तो कम से कम नहीं तो बाल्टी भर निकलेगा एक बाल्टी निकल जाएगा इतना सारा निकलेगा बस वो पड़ा है कुछ लोग डंप कर देते हैं कुछ नहीं हुआ निकाले बाहर फेंक दिए हो गया क्या स्वाद में चला गया पानी में चला गया कुछ लोग तो ऐसे महानुभाव हैं कि नदी नाले में फेंक देते हैं भैया जा कहाँ है क्या वो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि वो उसको बदल देगा उसका वा, वा, व, व, सारी चीजें नहीं ऐसा नहीं होता है वो भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट से तरीका होता है वो करता है वो सारी चीज ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम चल रही है जब से ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हुए हैं तब से इस, समस्या ई व्यस्ट का सबसे ज्यादा समस्या हो इसके मैनेजमेंट करने की जरूरत है <laughs> जैसे अगर जो रिपोर्ट टू ट्वेंटी की अगर देखा जाए तो 53.6 मिलियन मेट्रिक टन 2019 में ई वेस्ट सबसे ज्यादा आया है वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड वाइल्ड में और इसको दो में ये 21 में 21 परसेंट जस्ट बढ़ा है 2030 तक देखा गया देखा जाएगा कि एक प्रेडिक्ट किया गया कि 74 मिलियन टन की बात की इतना हमारे पास ई वेस्ट आएगा इसको हैंडल कैसे किया जाएगा देखा जाए तो उसमें अगर उसके रिसाइकिल की बात किया जाए कि उसको वापस करके रिसाइकिल के तो देखा गया कि एक नॉर्मल क्योंकि ई वेस्ट अभी भी मैनेजमेंट नहीं होता है कि अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है बहुत मेजर समस्या हो गई तो नॉर्मल एक सर्वे किया गया कि ई वेस्ट का रिसाइकल ई वेस्ट हंड्रेड परसेंट निकला तो उसका 17 परसेंट रिसाइकिल किया गया उसको मेजर किया गया एक डॉक्यूमेंटेड लीगल फॉर्म में मेजर किया कि इतना पता चला बाकी तो खप गया पता ही नहीं चला किसी घर में होगा किसी नदी में होगा किसी नाले में होगा किसी जमीन के अंदर कहा हो समस्या बढ़ते जा रही है क्योंकि तो उसमें बहुत हानिकारक चीजें मिली रहती हैं जो हमें समस्या पैदा कर रही है ये देखिए चाइना की फोटो है चाइना में एक शहर है वहां की ये है देखिए चिप है इतनी सारी कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर क्या क्या है सब देख रहे हैं एकदम चिप के द्वारा एकदम अंबार है डम्पिंग चल रही है अब जाए तो जाए अब इसका देखिए कि तो रहा है। ये देखिए हाँ ये ये देखिए ये इमेज ये शो कर रहा है कि जो डंपिंग हो रही है एक देश से दूसरे दूसरे देश के प्रति पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में आ, आ, वहां डंपिंग इंडिया में डंपिंग विदेश से सब डंपिंग कर रहे हैं विदेश के लोग मलेशिया में देखिए चाइना के साइड में देखिए ये वहां का वहां का अपना यहां पे आके डंप कर रहे हैं और ये कैसे कर अब तो नियम अभी बताएंगे नियम कानून बन गया है इसके लिए नहीं पहले ऐसा होता था क्या हो? पहले के ठीक किसी को भी अपना गए कोस्टल एरिया पे अपना जहाज खड़ा किए और मिली भगत किए या डंप करके निकल लिए सारी समस्या बढ़ने लगी अब एकदम अपनी सीमा बढ़ रही इसको देखने की जरूरत है ई वेस्ट के देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है उसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अब ये देखिए कि क्यों यहाँ पे, पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा ई वेस्ट वहाँ पे ज्यादा तमिलनाडु देखिए आंध्रा देखिये उत्तर प्रदेश चौथे स्थान के वेस्ट बंगाल दल ईस्ट जनरेशन के ये देखिए कैसे बढ़ा है दोस्त ई वेस्ट जनरेशन में मतलब कैसे जनरेट हुआ है ई वेस्ट का दो में देखिए में और 2023 में देखिए 25 में कितने पच्चीस उसकी तुलना की गई समस्या है ई वेस्ट का पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है इसमें कुछ जो है इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है देखिये इसमें आर्सैनिक है कौबार्ट फेवर है जिंक है सब नहीं इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इससे बहुत सारी है, है, है। बहुत सारी चीज है कि जो हम पे इम्पेक्ट डालते जाएगा और बहुत कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन इस चीज को ई वेस्ट को देख बनाया गया नाइनटीन नाइन टू में नहीं बनाया गया कि नहीं जो ट्रांसबाउंडमेंट है हजार दस का है जो डम्पिंग कर तो उसमें कहा गया नहीं बेसिक एकदम मनाई की गई कि नहीं ये चीज नहीं करना है किसी का भी हो कोई भी हो वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं करेगा उसकी मैनेजमेंट स्वयं करेगा टू तो थाउजेंड फोर में कन्वेंशन किया गया का कन्वेंशन इसमें ये कहा गया कि आप कोई भी केमिकल ले जाते हैं कहीं से भी इम्पोर्ट करिए एक्सपोर्ट करिए कुछ भी कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप ये चीज क्योंकि ये चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी अगर उससे कोई चीज होता है दिक्कत अगर मान लीजिए इंडिया या चाइना या से कोई चीज आ रहा या जा रहा है तो बताने के लिए कि ये चीज यहां से गया अगर उससे कोई चीज दिक्कत हो रही है वर्ल्ड को अपने क्लाइमेट को अपने, अपने इन्वायरमेंट को तो आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उससे क्या हो सकता है आपको अपडेट करना पड़ेगा आपको उसकेमिकल्स के बारे में बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं उस चीज को लेकर क्या क्या प्रोग्राम किए जा सकते हैं इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट का ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए जैसे उसमें एक जो प्रोग्राम या आपके जो करा रहा है एक, जो, एक करा है बहुत अच्छा है है ऐसे करने की जरूरत है। है, को मैनेजमेंट एक अच्छा स्ट्रक्चर उसका बनाया जाना चाहिए डिजिटल भारत के तरीके से उसमें कैसे कैसे डिस्पोज किया जाएगा क्या मेथड अपनाया जाएगा डिस्पोज करने, करने की वो सारी चीज करने की जरूरत है बैटरी व्यस्त बैटरी का, बैटरी का किया, किया देखिए इसमें सच्चाई कहीं नहीं छिपी है सब जानते हैं आप इसकी सच्चाई आप भी बाहर निकलते हैं जानते हैं की ई वेस्ट कौन कलेक्ट कर रहा है कभी देखा आपने की कोई फॉर्मल एजेंसी हो या कोई चीज ऐसा हो कि वो कलेक्ट कर रही नहीं, ज़्यादातर हमारे सेक्टर के लोग कर रहे कोई चाइल्ड लेबर कर रहा है कोई आ, जिसे कहते हैं कि आ, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, वो कर रहे हैं जो हमारे कूड़े कूड़ा खुड़, घर बनाया गया कूड़े घर बनाया जिसको उससे फायदा है वो चीज़ कर रहा है वो भी क्या कर रहा है मैंने आपको ना दो टाइप ता, के हो एक है कि जो उससे चीज निकाले बाकी छोड़ दिए जो है की तो सिस्टमेटिकीज नहीं इसको करना है उसको हमें फॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा रिसाइकिल के लिए ई वेस्ट के लिए मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है या क्या है हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है उसकी कमी है इंपोर्ट हम कर रहे हैं मरकरी रहे हैं। सारी चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं ये भी एक समस्या है क्रॉस क्रौ बॉर्डर का वेस्ट इक्विपमेंट जो मेजर इशू है जो ला रहे हैं यहाँ पे तो उसको कैसे कैसे चीजें करना है उसको मैनेजमेंट कैसा है कोई न बता कंपनियां बता रही है कैसे आपको क्या हम खरीद मोबाइल आपको तो पता नहीं है कि इसको जब ये खराब हो जाएगा जब यूजलेस हो जाएगा तो ठीक ये सारी और ई वेस्ट से आप कत मत समझिए इस बात को लेकर कि नहीं आ, ये चीज ये मोबाइल ये मोबाइल खराब हो गई ये, ये मोबाइल खराब हो तो गई ये हमारे, अगर हम यूज नहीं करें बस दिए या किसी काम की नहीं है या कोई काम नहीं कर रहा तब भी ये आएगा ये हमारे काम की नहीं है हमने एक और मोबाइल खरीद लिया ये चीज ये भी ई वेस्ट में ही आएगा पहले सो काम थोड़ा मोड़ा कर रहा है अगर आप उसको बेकार समझ रहे ये में। इसी ये देखिए समुन्द्र में देखिए लेर बनती जा रही है अब समुद्र का इकोसिस्टम इससे डैमेज हुआ अगर इससे डैमेज होना शुरू हो गया हमारे कितना भारी हम लोग को पड़ेगा हमारे लाइफ स्टाइल को जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट है कि हमें कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे कैसे हम वो सारी चीजें करेंगे जो जब हम इस पर ही काम नहीं कर रहे हैं इस पर काम करने की जरूरत है सारी चीजें हम अपने अपकमिंग जनरेशन को एक अच्छा जैसे आज हम जी रहे हैं हवा पानी सड़क तो उनको भी प्रोवाइड इस इससे हमें काम करने हमें कमर करने की जरूरत तो है सोचने से के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हुए जैसे नोकिया ने लाया कि टेक बैक की रखवाले कंपनी वाला कि आप कोई चीज नोकिया का है आप लाइए हमारे यहाँ रख दीजिए एक बना दिया काउंटर या एक डब्बा तो बना दिया उसमें रख ग्रीन हाउस वाली तेलंगान, तेलंगाना तेलंगाना द्वारा ग्रीन हाउस वॉरियर लाया गया थी। उसमें भी जितने भी हैं आप वहां पर लाके कलेक्ट कर दीजिए हम कलेक्ट करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी कहा क्या हमें करने की जरूरत है बहुत सारी चीजें की वही बातों बातों बता दिया कि इन फॉर्मल सेक्टर को अच्छे से फॉर्मल तरीके से सोचना काम करना चाहिए अवेयर करने की जरूरत है।, है कैसे उसे डिस्पोजल करना है कैसे उसे नोटिफाई करना है कि नहीं हमको इस दूसरे सारी चीजों पर ध्यान रखे उसके क्या उसका इम्पैक्ट है टेक बैक प्रोग्राम मतलब कंपनियों को कहना पड़ेगा कि आप अपना प्रोग्राम प्रोग्राम करिए फिर अपने कस्टमर को देते समय ही बताइए कि इसको कैसे मैनेज करना है ये सारी चीजें मास देना पड़ेगा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उस, उसको भी इनिशिएट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा ईवेस्ट का रिसाइकलिंग के लिए अवेयर करना पड़ेगा जो नियम कानून आया दो में ईवेस्ट मैनेजमेंट के लिए आया वो सबसे कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उस पर ध्यान और की जरूरत है और यही सारा चीज रहा और इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको और हम को और पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं उनको यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम जो बना है जो है नेचर द्वारा उसमें हम जितना हो सके मिनिमाइज तरीके से अपना नियम कानून से और अपना एडप्ट करते हुए उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने की जरूरत है नेचर ने अपना व्यवस्थित तरीके से दिक्कतें हमने पैदा किया हम उस चीज को अब अवेयर होने की जरूरत है जगने की जरूरत है और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान लाया गया कि इसमें सत्रह जितने भी प्रोग्राम हैं, वो चीज है कि हमें हर चीजों पे काम करने की जरूरत है हमको पब जो मैं आज कल एक्टर दिया है पॉल्यूशन पे उस पे काम करने की जरूरत है हमें पॉवर्टी पे काम करने है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समझ जाइए कि कोई अलग नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए अगर हमारा ठीक नहीं होगा फूड नहीं होगा हम सबको भोजन नहीं दे पाएंगे पॉल्यूटेड होगा हेल्थ ठीक नहीं।, नहीं होगा हेल्थ नहीं ठीक होगा तो जॉब इम्प्लॉयमेंट की बात होगी इनिक्वेलिटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए इसको प्रमुखता से हमें समझने की जरुरत है मिनिशियट करने की जरूरत है हमें कोई चीज इतनी आसानी से कि नहीं कि पास नहीं कर देना है नहीं नहीं चलो हम कर रहे हैं। वो कर रहे रहे हैं हैं वो वो हमें इंडिविजुअल लेवल पे वो बात करनी पड़ेगी वो चीज इनिशिएट करना पड़ेगा हमें अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें वो सारी चीजें अवेयर करनी पड़ेगी उसके लिए बात करनी पड़ेगी लोगों से अपने घर में अपने सारी चीजें आज के लेक्चर से आप लोगों को कम से कम कुछ दिमाग खोला होगा कि बहुत सारी चीज नहीं जानने की अच्छा ये भी चीज होता है ये भी चीज होता है ये भी चीज होता है तो ये सारी चीजें थैंक यू और गवर्नमेंट कॉलेज को थैंक यू और सुनने वाले हमारे साथी हैं हमारे बच्चे हैं और फैकल्टीज हैं उनके लिए भी धन्यवाद हेलो आ, और आज का जो व्याख्यान था मैं काफी देर से सुन रही थी तो मुझे लगा कि पोल्यूशन पे इतना मतलब विस्तृत और बारीकी से जो है मैंने पहली बार ही कोई लेक्चर सुना है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर थैंक यू सो मच और हर चीज़ आपने जो है उसमें ली है नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन आपका सारा उसके लॉज और जो भी चीज़ें सुझाव हैं सारी चीज़ें मतलब कुछ छूटा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया होगा मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और यदि बच्चे चाहते हैं कुछ सवाल करना तो स्वागत हाँ, है बच्चों का और इसकी मैं पी -पी, इसकी मैं पीपीटी सर को शेयर कर दूंगा आप फैकल्टीज को तो बच्चे ले भी सकते हैं उसमें बहुत सारी जानकारी उनके एग्जाम पॉइंट और उनको जो चीज नहीं समझ में आया अभी पूछें मैं तैयार हूं उसके लिए बताने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ मेरा मेल आई फोन नंबर आप लिए आप अप, अपने फैकल्टीज ले सकते हैं मैं जो भी जानकारी होगी मैं बता सकता हूँ और उसमें सोचने की हम लोग को अब जरूरत है हम स्वागत है बच्चे यदि कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं हेलो हाँ सर हाँ। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ जो सी एफ हाँ। जो ओजन प्राप्त है हाँ। हम्म उसके लिए उसके क्षरण के लिए सी गैस ही क्यों जिम्मेदार है सर मुख्य रूप से सी जो गैस को हमने कई जगह ये भी पढ़ते देखा है और आपने भी सी एफ सी गैस क्या बताया कि उसके क्षरण के लिए सर मुख्य रूप से उसके क्षरण के लिए क्यों जिम्मेदार है सी और सीएफसी ये अच्छा। कैसे है सर? अच्छा जी जी देखो बेटा जो हमारी परत है, जी। वो वो एक प्रकार से हमारे सुरक्षा कवच है हम्म हाँ। ठीक है हमने क्या किया कि हमने यहां पे वायु प्रदूषण किया जी उससे वो चीज गैस निकली हम्म जब वो अपने डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालेगी जब वो रिएक्शन और गैसों से मिलके जब वो अपने में उस पे असर करती है उसको करती है उसको जब जाती है तो वो झेल नहीं पाती उसको क्योंकि वो गैस जो है वो अपलिफ्ट होगी अपलिफ्ट होगी तो ओजोन पर एक परत बनाई जाती है तो उसको डिप, उसको डिप्रेशन मतलब की कहा जाए कि एक तरह से ऐसे जैसे होता है ना ऐसे टचअप करते जाती है उसको मतलब एक तरह से पत्थर जैसा मारती है तो इशू हैं कि चरण या छेद कहते हैं एक तरह का से मारने लगती हैं क्योंकि वो निकलना चाहती है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो गया वो चीज तो वो चीज उसमें टच करती है या हिटअप करती है उसके लिए ये है और निकलती कैसी है मैं आपको बताऊ इससे बहुत सारे उपाय है मतलब बहुत सारे सोर्सेस हैं एक जो हमारे आपके जो अगर छोटा छोटा लिया जाए तो गाड़ी और जो ईंधन होते हैं वो फॉसिल फॉसिल जो जलते हैं उसके चाहे कार्बन के रूप में जले चाहे किसी भी रूप में जले जो जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकलता है उसके और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इसका सोर्स जो होता है वो हमारा जो लावा निकलता है वहां से भी बहुत सारी चीजें निकलती है और सारी गैसेस निकलती हैं, हैं, वो इंपैक्ट डालती जो, जो, जो हम एडप्ट कर रहे हैं हमारा पॉल्यूशन एडप्ट कर रहे है, वो चीज जैसे न्यूक्लियर अब आपको लगता होगा की जो हमारी बिजली बनती है जो न्यूक्लियर वो चीज है, है वो सारी चीजें नहीं वो जो निकाल रही है वो भी बहुत सारे गैसेज निकालते हैं जो इम्पैक्ट डालता उसमें एक गैस ये भी रहती है ये भी इम्पेक्ट डालती है बहुत सारी चीजें प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में करते हैं। तो उस उसको, हिट करते हैं या उसको पहुंचाते हैं ठीक है बेटा जी सर तो इसके लिए फ्लू गैस डिसल्फुरेशन बनाया गया है एफ जी पावर प्लांट जो बनाए जा रहे हैं तो क्या इससे में प्रभाव कम हो हो पाएगा हाँ, देखिए चल रही है अपने पे और जितना हो सके इसमें ध्यान ये भी देना पड़ता है ना कि आ, एक गैस को देखने के चक्कर में दूसरा भी हमारे साथ हम गलतियां करते हैं लेकिन उसपे काम चल रहा है जैसे कि अगर देखा जाए तो व्हीकल में सुधार हो रहे हैं चिमनियों में बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई जा रही है की नहीं आपको इस एरिया में ही करना है और दूसरी बात है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कि आपको छोटे छोटे जो पार्टिकल है उसको आपको यूज करना है अपने हिसाब से अपने हिसाब से मतलब उसको तो उसको जो फीलिंग करनी है जो उसको बाहर निकल रहा है उसको आपको कहीं और भी फील करना है जहां पे उसकी जरूरत है उसके जरूरत के हिसाब से उसके उसके, उसके अपॉर्चुनिटी में देखा जा रहा है कि नहीं अब उसको कहीं और जरूरत करने है। उसको बाहर जैसे नहीं किया जा रहा है उसको डम्पिंग करने की नहीं अब उसको यूज किया जा रहा है बहुत से ऐसे देखे होंगे कि अब हमारे रोडे जो बन रही है से रोड के अंदर फिलिंग जो हो रही है बहुत सारे जिसको राख कहते हैं राख से सो रही है बहुत सारी चीजें तो प्रयास है हो रहा है कोई समस्या अब धीरे धीरे काम हो रहा है उससे जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है जी सर थैंक यू सर ओके ओके वेलकम भैया है हाँ। तो सर बताइए तो तो और किसी को कोई सवाल यदि पूछना मुझे नहीं लगता सवाल पूछना होगा बहुत अच्छा था इतना इतना व्यापक से व्यशान का तो नहीं किया था और फिर भी जो शीर्षक है उस शीर्षक के साथ आपका व्यशांत पूरी सही से न्याय दिया है ऐसा सूरी से बिंब नहीं था ऐसा सूरी से स्पष्ट नहीं था ऐसा सूरी से नहीं था ऐसा सूरी उससे समाधान से उपाय नहीं से जो ने जो आपकेश इस हिसाब से देखा गया है। तो बहुत से ही संतुलित समृद्ध और, और जोश है आपने वो पावर टाइम से अंग्रेजी ने बनाया उसे हिंदी में इतने अच्छे से समझाया ये मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं हम जान रहे सर ना ऑडियंस हमारे बच्चे हैं बच्चों के लिए मैंने इतनी मेहनत करी करी नब्बे या पचासी स्लाइड होगी मैं बच्चों के लिए स्पेशली मेहनत किया नहीं, कि, नहीं। कि हमारे बच्चे बच्चे जाने उसके लिए उसको जाने उसको बहुत करीबी से जाने कि, कि किससे क्या बीमारी हो सकती है कौन सोर्स है और कैसे वो जान सकते हैं अपने भाषा में जान सकते हैं अच्छा ये पॉइंट सोर्स है यहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है इससे हो रहा है ये गाड़ी में ये पाया जाता है हमारे समुन्द्र में ये समस्याएं हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये समस्याएं हो रही हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा मेहनत किया कि नहीं है बच्चों को डिलीवर करना है तो थोड़ा उनको अब कम से कम उनकी नजर खुलेगी कि नहीं हाँ चीज है देश है इसमें हाँ, तो तो, तो और जो साथ न, से से समझने में आसानी आसान होती है इसमें हाँ, हाँ, विद्यार्थी एकदम से नहीं समझता थे धन्यवाद धन्यवाद सर से तो ओके धन्यवाद सर एक बात और निश्चित ही हम सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और बच्चे सच में इसमें बहुत कुछ सीखे हैं और जो चीजें मतलब हम जैसे प्रदूषण का जो एक्चुअल मीनिंग है कैसे होता है आपने बहुत अच्छे से समझाया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है बच्चों के मन में अब और थैंक यू सो मच सर और ऐसे भी आगे आप हमारे विभाग के साथ जुड़कर हमारे बच्चों को सिखाते रहें इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ और